गॉड था पीछे भाई ये भाई कैंपर क्या ये क्या है क्या इधर मम्मी बंदा ये निकल लोज मार लोज ऐसे लोल्स का मारे अबे ब... लोज अब मार लो अभी भी हो कॉपी करो तो कौन से को किधर घूम रहा है भाई वैसे कि लग रहा है मैं स्पॉटेड हुआ मैं लॉबिंग हूँ लूट लो लूट लो आराम से Dude, लो अभी तो तो अभी उठाएगा लो ये वाला भाई मत मारो प्लीज बोल रहा है बचा नहीं मारो अरे बोल रहा है बोल लो रहा है बोल रहा रहा है है नहीं मार पहले तुम्हारे पास इतना अच्छे निमिज कैसे बेबी प्लीज ब्रो ब्रो एंड में ठीक है आई आई लव यू राइट इज़ वेरी गुड क्या सोलो सु तो भी तुर। दार तुर। दार दार दार। मार मार। पे है? तेरा पीछे, पीछे पीछे पीछे पीछे गाड़ी के गाड़ी के अंदर गाड़ी के अंदर आह। नाइस। वन। भाई के अंदर। देख रहा है कॉल देख रहा है नाइस नाइस अभी ओह ओह माय गॉड आई एम यू डोंट मर गया गया आश मशीन नहीं नहीं नहीं नहीं सीधा भंगा सीधा भंगा जिंदगी में जो था मेरा भाई बोल रहे पोता हट बया चल तुझोर खाना ही खिला